उस दिन मैं टेलीविजन के सामने बैठी अपनी चौदह साल की बेटी के फ्रॉक में बटन लगा रही थी पति एक हाथ में चाय का गिलास लिए अपना मनपसंद धारावाहिक देखने में व्यस्त थे तभी दरवाजे पर घंटी बजी और मैं उठकर बाहर आ गई दरवाज़ा खोला तो सामने मकान मालिक वर्मा जी खड़े थे मैंने बड़े आदर से उन्हें भीतर बुलाया और अपने पति को आवाज़ देकर ड्राइंग रूम में बुलाया और बड़े विनम्र स्वर में बोली अच्छा क्या लेंगे आप ठंडा या चाय नहीं इन सब की तकलीफ मत कीजिए बस आप बैठिए एक जरूरी बात करनी है वर्मा जी बेजुखी से बोले मैं अपने पति के पास साथ जाकर बैठ गई थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ फिर अपने विचारों को विराम दिया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर उन्हें देखने लगी मुझे इस मकान की जरूरत है आप कहीं और मकान ढूंढ लीजिए उन्होंने एकदम सपाट स्वर में बोला मैंने कहा क्या मेरे पति के मुंह से निकला पर मैंने तो ग्यारह महीने की लीज पर आपसे मकान लिया है आप इस तरह बीच में छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं सर मेरी मजबूरी है इसीलिए कह रहा हूं और फिर यह मेरा हक है कि मैं जब चाहे आपसे मकान खाली करवा सकता हूँ दोनों के बीच विवाद को बड़ा बढ़ता देख कर मैंने बेहद विनम्र स्वर में कहा पर ऐसा क्या कारण है भाई साहब जो आपको अचानक इस मकान की जरूरत पड़ गई हमने तो हमेशा समय पर किराया दिया है फिर आपका तो और भी एक मकान है आप उसे क्यों नहीं खाली करवा लेते कारण आप भी जानती हैं मुझे पहले से पता होता तो आपको कभी भी यह मकान ना देता मेरा एक महीने का कमीशन और सफेदी कराने में जो पैसा खर्च हुआ है सो अलग पर ऐसा क्या किया है हमने मैं चौंक गई कारण आप की बेटी है और उसकी बीमारी है पिछले मकान से भी आपको इसलिए निकाला गया क्योंकि आपकी बेटी को एड्स है और ऐसी घातक बीमारी के मरीज को मैं अपने घर में नहीं रख सकता फिर कलोनी के कई लोगों को, को भी ऐतराज़ है भाई साहब यह बीमारी कोई संक्रमक रोग तो नहीं और ना ही छुआ छूत से फैलती है यह तो हर जगह साबित हो चुका है और फिर हम दोनों में से यह किसी को भी नहीं है यह सब ना मैं सुनना चाहता हूँ और ना ही पास पड़ोस के लोग अधिक पैसा कमाने की होड़ में आप लोग जरा भी नहीं समझते कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं किन से मिलते हैं बाहर क्या क्या गुल खिलाते हैं वर्मा जी मेरे पति चीख पड़े आपके मुंह में जो कह आए वो कहते ही चले जा रहे हैं आपको मकान खाली चाहिए मिल जाएगा पर इस तरह के अपशब्द और लांछन मुँह से मत निकालिए दस दिन बाद मकान की चाबियां लेने आऊँगा कहकर वर्मा जी उठकर चले गए उनके जाते ही मैं निढ़ाल होकर सोफे पर पसर गई मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए कुछ कहते कहते उनकी आवाज़ टूट गई चेहरा पीला पड़ गया मानो वही ही दोषी हों अतीत चलचित्र सामन सपटल पर तैरने लगा और एक के बाद एक कितनी घटनाएं उभरती चली गईं मैं उस दिन के पार्टी से लौट रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी फ़ोन चारों के स्कूल से उसकी क्लास टीचर का था मेरे फ़ोन उठाते ही वह खापती हुई बोली आप चारों की मम्मी बोल रही हैं आपके पास उसके ट्रीटमेंट और इंजेक्शन की पर्ची है लोग रही फिर थोड़ी देर के लिए उठ चली गई उनके वापस आते ही मेरे पति ने कहा कि यदि आप उस टीचर को किस तरह बुला दें जो चारों को क्लिनिक में लेकर गई थी तो हमें कारण ढूंढने में आसानी होगी कम से कम हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं क्या आपको उसका न...